ट हम बताने वाले आपको A for alignment right side, S for save, T for न्यूटर यू फॉर अंडर लाइन वी फॉर पेस्ट डब्लू फॉर क्लोज द विंडू एक्स फॉर कट बाई फॉर रीडू Z for undo. So A to Z हमने आपको पूरी कंट्रोल के शॉर्टकट बता दिए अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू